अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल

मजा आएगा ना भीडियो

on it

वो सुलगता है भाई

ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूं मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो थालो हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है

music